हाय फ्रेंड्स मैं अनिल के कुमार एन एनएलपी मास्टर लाइफ कोच आज आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं दोस्तों इस वीडियो के एंड तक आप मेडिटेशन के बारे में वो सभी चीजें जान पाओगे जो एक मेडिटेशन बिगिनर को जरूरत होती है दोस्तों मेडिटेशन माइंड को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन मेरी लाइफ की सबसे बेहतरीन एडवाइज रही है जब से मैंने इंप्रूव करना शुरू किया तो मेडिटेशन एक बेहतरीन मेंटल टूल रहा है जिससे आप अपनी लाइफ में बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं इसके बहुत से बेनिफिट होते हैं कुछ बेनिफिट तो आपको हैरान कर देंगे मेडिटेशन आपको सेल्फ कंट्रोल देता है आपकी एंजाइटी को कम करता है स्ट्रेस को कम करता है आपके एंगर को कम करता है इससे आपकी हेल्थ बेहतर होती है आपको नींद अच्छी आती है और आपका फोकस भी बढ़ जाता है लेकिन ये सब तो ऊपर के बेनिफिट हैं जो डीप बेनिफिट होते हैं वो तो अल्टीमेट होते हैं आप अपनी लाइफ के हर सिचुएशन को बहुत ही काम तरीके से हैंडल करना शुरू कर देंगे आपका ब्रेकअप हो जाए चाहे आपकी जॉब चली जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप बिल्कुल शांति से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते चलेंगे इससे आप अपनी एडिशन से भी छुटकारा पा सकते हैं और आप अपनी सराउंडिंग को पूरी तरह से फील करेंगे। लेकिन आज कर एक प्रॉब्लम है कि लोग मेडिटेशन को बहुत समझते हैं। बेसिक मेडिटेशन बहुत ही सिंपल होता है आज इस वीडियो में मैं आपको हर चीज बताऊंगा कि किस तरह से एक बिगेनर अपने मेडिटेशन की लाइफ को शुरू कर सकता है किस तरह अपने साथ में वो एसोशिएट हो सकता है आपको तीन चीजों पर ध्यान रखना होगा, जो आपको मेडिटेशन में पूरी तरह सहायता करेंगी इससे पहले कि मैं आगे बढूं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेडिटेशन होता क्या है सिंपलेस्ट वे में यदि मैं आपको कहूँ तो मेडिटेशन अपने दिमाग को शांत करना होता है पहली चीज जो ध्यान में रखने वाली होती है वो होती है आपका एनवायरनमेंट। अपने लिए एक कंफर्टेबल जगह ढूंढिए बैठने के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप चेयर पे बैठेंगे या आप नीचे बस ध्यान ये रखना है कि आपने अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है यदि आप लेट जाते हैं तो लेटने पर आपको नींद आ सकती है जो हम नहीं करेंगे क्योंकि हमने ध्यान करना है तो इसलिए हम अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे अब ध्यान रखें कि आपके पास कोई डिस्टरबेंस या डिस्ट्रेक्शन ना हो ताकि आप शांति से बैठ सके शुरुआत में आप 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन कर सकते हैं उसके लिए आप अपने फोन में टाइमर सेट कर सकते हैं मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि यदि आप बिगेनर हैं तो आप 20 मिनट से ज्यादा मेडिटेशन ना करें बैकग्राउंड में आप कोई को इंस्ट्रूमेंटल रिलैक्सिंग म्यूजिक बजा सकते हैं जिससे कि आपका ध्यान बाहर की आवाजों पे ना जाए। Next point है, जिसमें actual meditation की जिसको बहुत से लोग बहुत सी तरीकों से बताते हैं और आज मैं आपको सिंपलेस्ट तरीके से बताऊंगा जिससे कि आप खुद मेडिटेशन कर पाएंगे दोस्तों आपकी आंखें होती हैं, आपके दिमाग की informations का द्वार तो सबसे पहले कोमलता के साथ आप अपनी आंखों को बंद करें और गहरी सांस लें और अपने ध्यान को अपनी सांसों पर लगाएं और देखें किस तरह से ऑक्सीजन आपके अंदर जा रही है किस तरह से आपके लंग्स में एक फुलावट आती है उस फुलावट को उस सेंसेशन को अपने शरीर में महसूस करें और ध्यान दें कि जब वो हवा आपकी बॉडी से निकलती है आपके शरीर की सारी टेंशन बाहर निकलती हवा के साथ बाहर निकल जाती है और अपने ध्यान को अपने सांसों पर लगाए रखें आपका ध्यान अक्सर दूसरी चीजों पे बार बार जाएगा लेकिन उसको बार बार पकड़ के वापस लाना है ये केवल आपके साथ ही नहीं हो रहा यह हर बिगिनर के साथ शुरू में होता है आपके पास विचार आ रहे होंगे कुछ समय जब आप मेडिटेशन कर रहे होंगे तो आपके पास कोई काम याद आएगा कोई इंपोर्टेंट फोन याद आएगा या कोई इंपोर्टेंट ऐसा काम याद आएगा कि ये तो करना था और आपका उठने को मन करेगा लेकिन वहां पर फिर अपने मन को अपनी सांसों पर लेके आना है यदि आपका ध्यान बार बार भटक रहा है तो ऊपर आई बटन पर मेरी पुरानी वीडियो का जिसमें मैंने ये बताया है है कि अपने अपने को को को कैसे करें, अपने विचारों को कैसे करें, करें। विचारों शून्य वो देख लीजिएगा, आपको आपको ध्यान करने में मदद होगी। Next, meditation आपको सिखाता है आपके mind को करना, आपके करना, पास आ रहे दिन भर के कचड़े को फिल्टर करना और अपने थॉट्स को फिल्टर करके प्रोडेक्टिव और पॉजिटिव थॉट्स अपने लिए इकट्ठे करना आप हर रोज मेडिटेशन करते समय ध्यान दें कि जितना आसान आप आप इस मेडिटेशन को बना सकते हैं बनाइए एल एनएलपी की वर्कशॉप्स में में मैं लोगों को कम बेहतर माइंड कंट्रोल करना पीक परफॉर्मेंस करना ही सिखाता हूँ तो आप भी इसके अंदर आपके घर में किसी कॉर्नर में एक ऐसा फिक्स जगह बनाइए जहाँ पर आप हर रोज मेडिटेशन करेंगे और अपना टाइम भी फिक्स कीजिए कि इतने बजे आप मेडिटेशन करेंगे उससे आपको एक आदत पड़ेगी और हर रोज सुबह उठकर कर नित्य क्रियाएँ करके हल्का फुल्का व्यायाम करके आप मेडिटेशन कर सकते हैं क्योंकि सुबह आपका कॉन्शियस माइंड इतना एक्टिव नहीं होता और सुबह आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को आसानी से कर सकते हैं और जब आपका टाइम अप आप हो जाए तब आप दिनचर्या के मेडिटेशन में कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है इसका मतलब है की आप हर रोज मेडिटेशन करें यदि आप हफ्ते में दो दिन जिम में जाते हैं तो उससे आपकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसी तरह यदि आप हफ्ते में दो तीन दिन मेडिटेशन करते हैं या कैजुअल मेडिटेशन करते हैं तो आप उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे इसलिए एक कंसिस्टेंसी रखिए लगातार रखिए थोड़ा समय कीजिए लेकिन रेगुलर कीजिए और जब आप रेगुलर करेंगे तो आप इसका अनुपम बेनिफिट अपने अंदर महसूस करने लगेंगे अब मैं आपको बताता हूँ कि ज्यादातर लोग मेडिटेशन को कंटिन्यू क्यों नहीं रख पाते क्योंकि वो दो हफ्ते करते हैं और फिर उनको अपने अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं नजर आता तो वो छोड़ देते हैं मेडिटेशन इस तरह काम नहीं करता मेडिटेशन एक रात का खेल नहीं है मेडिटेशन बहुत पावरफुल चीज है जब आप अपने साथ एसोशिएट हो जाते हैं आपकी लाइफ में इसके बेनिफिट आने में समय लगेगा, लेकिन आप मेरी बात पर विश्वास कर सकते हैं आप एक आदत बना लोगे, हर रोज इसे करोगे तो आप पूरी तरह बदल जाओगे। आप में कभी एंगजाइटी नहीं होगा, आप में कभी एंजाइटी नहीं होगी आपको कभी स्ट्रेस नहीं होगा इसलिए इसे कंटिन्यू करते रहिए अपने ध्यान को अपने फोकस को अपने सासों पर लाते रहिए और धीरे धीरे आपका ध्यान बढ़ने लगेगा और आप इसके अनुपम आनंद लेने लगोगे और एक समय आएगा कि आप अपने अंदर इतनी स्थिरता पाओगे कि आपके पास कभी भी कोई स्ट्रेस अगर आ जाता है गहरी सांस मात्र लेकर के अपने आप को रिलैक्स कर पाओगे अपनी स्टेट ऑफ माइंड को शांत कर पाओगे और यदि ऐसा करने के बावजूद भी आपको मेडिटेशन में कोई चैलेंज आता है कोई समस्या आती है तो आप मेरी अगली वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें मैं एक गाइडेड मेडिटेशन आपको दूंगा जिससे कि आप अपने आप को मेडिटेट करने में सफल होंगे इस वीडियो में इतना ही यदि आपने इस वीडियो में कुछ सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा उन लोगों तक जिनके जीवन में भी आप फायदा करना चाहते हैं और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक आती रहें। जय हिंद जय भारत आपका दिन शुभ रहे